फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल ट्रिकी जी में आपका स्वागत है जैसे कि आप अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो सबसे पहले क्या है कि जो कोविड का जो होता है वैक्सीनेशन जो करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या हम कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल साइट पे आना है इसके बाद देखिए यहाँ पे लाइव चल रहा होगा यहाँ पर लाइव चल रहा है इसके बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में यहाँ पर दिख रहा है कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ट्वेंटी ट्वेंट तो इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप नीचे आइए स्क्रॉल नीचे आइएगा तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर जो कि मांग रहा है यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं एक ओ आएगा एक ओ के बाद यहाँ पर ओ सक्सेस लेने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है वो ओपन होगा अभी तो फिलहाल ओ आ नहीं रहा है ओ टी आ गया इसके बाद इसके बाद कुछ नहीं करना इसके बाद जस्ट वेरीफाई एंड प्रोसेस पे ओके करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है वेलकम रजिस्ट्रेशन रजिस्टर फोर मेंबर विथ वन मोबाइल नंबर मतलब चार मेंबर एक मोबाइल नंबर से मतलब लिंक कर मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना आधार कार्ड का आधार कार्ड यहाँ पर पैन कार्ड या जो जो भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करके रजिस्टर कीजिएगा तो आपका वैक्सीनेसन जो है जो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा इसके बाद उधर से कॉल आएगा उसको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करे कमेंट करे और शेयर करें ताकि दूसरे कोई भी की हेल्प हो सके धन्यवाद